मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम राम सेवा हाथ में शांतिदास जी थोड़े से इधर बैठ गई है बहुत बड़े गौ सेवक भी तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान आप सभी की मीठी मीठी तालियों के सब तालियों वाले ही भजन विधि का विधान जान हानि लाभ सही ये। जाही भी दीरा तेरा ताहीं भी धीरे ये सीताराम सीताराम ताराम कहिए जाीरा तेरा के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे महलों में राखे जाोपड़ी में वास दे धन्यवाद निरीविवाद राम राम कहिए धन्यवाद निरीविवाद राम राम कहिए चाहे भी दीरा फेरा कहीं भी धीरे जाहींवी तीरा तेरा बाहरी धीरे सीता राम सीताराम सीता राम कहिए जाहिवी तीरा तेरा धीरे राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो जोशी राम जी को भाएगा भल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए भल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए चाहे भी ती रा भगवान जैसा रखे वैसा रहेंगे बोलो तो फिर सीता राम बालाजी प्रसन्न होंगे ये बाबा जी जो यहाँ समाधि में सोए हुए कई वर्षों से जीवित समाजी लोग जो लेता है ना उसकी रूह भी वहीं रहती है कहा जाता है और रूह वहां रहती है इसलिए आने वाले भक्तों को आशीर्वाद भरपूर मिलता है तो शायद आप सभी लोगों का भाग्य हो कि वो जग के आपको सुन रहे हो आपको देख रहे हूं आप देखिए भगवान को आपने हमने किसी ने नहीं, नहीं देखा ये हमारी मान्यता है हम ये माने कि यहां पर जो बाबा जी सोए हैं उनका आशीर्वाद आप पर बरस रहा है तो हम मानेंगे तो बरसता है नहीं मानेंगे तो ठीक है हम राज जगा रहे बस कोई बात नहीं क्यों साहेब तो बोलिए एक बार सीताराम सीताराम मैंने कहा ना लकवा जिनको वो रखा वो उनके मुंह से निकलेगा नहीं सीताराम सीताराम सीताराम कही सीता राम सीताराम सीताराम अरे जा भी धीरा तेरा ताही भी धीरे जाही जा भी दीरा तेरा धीरे जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा पहले से ज्यादा तुम पे I got a gun. आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दू की आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाथा साधु संग राम रंग अंग अंग रंगीए साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जा भी धीरा तेरा भी धीरिए जाही भी धीरा तेरा भी धीरिए सीतरम शीतरम सी सी तरम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कही Jahiri tira tera tahiri tirahi Jahiri tira tera tahiri tirahiye Jahiri tira tera tahiri tirahiye Jahiri tira tera tahiri tirahiye Jahiri tira tera tahiri tirahiye Jahiri tirahiye tahiri tirahiye tahiri tirahiye काली के साथ मृतंगी ऋषि की गुटिया पर मृतंगी ऋषि की गुटिया पर आभिलनी जो मे बात राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना मृतंगीर ऋषि की गुटिया पर मृतंगी ऋषि की गुटिया पर फिलनी जो भी बात राम मेरे घरे आना राम मेरे घरे आना राम मेरे घरे आना राम मेरे घरे आना, आना।, आना। एक बार सभी लोग कैमरे को पीछे घुमाते हुए रामचंद्र भगवान बालाजी जी। सोच भी लिया पर मन में एक विचार आया कि प्रभु आप आओगे तो आपके लिए मैं बिठाऊ आपके लिए आसन क्या लगाऊ आपको कैसे बिठाऊ बोली आसन नहीं है रामा कहा बिठाओ कहां पे बिठाओ रामा कहा पे बिठाओ सन्न नहीं है रामा कहाँ पे बिठाऊ कहाँ पे बिठाऊ रामा कहाँ पे बिठाऊ टूटी पड़ी है खाट खाट पर बिछी हुई है काट राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना राम मेरे घर आना चित्र कूट के घाट घात पंख चित्रकूट के घाट घाट पर तुलसी जो भी बात राम मेरे मेरा करना राम मेरे करना ओ राम मेरा करना राम मेरे करना दर दर दा आप भोजन नहीं है रामा क्या मेजी माओ क्या मेजी माओ रामा क्या मैं माओ पास में तो छत्तीस भगवान तो है नहीं पर भगवान आपको बड़ा अच्छा लगेगा यदि आप आओगे तो क्या ठंडी पड़ी है घाट घाट में कल आका गई अपने राजस्थान में खींच बनता हमारे उधर घाट बनती ठंडी पड़ी इधर भी बनती है जी ठंडी पड़ी है घाट घाट में लू खाटी छाछ राम मेर घरियाला राम मे घरे राम मेर घा राम मेरे मे घना ऋषि की कुटिया पर ऋषि की कुटिया पर जो राम मेर घरियाला राम मेरे घरिया राम मेरे हरियाणा राम मेर घरिया ओ, मेवा नहीं है रामा बोले ममरा बादाम तो नहीं है मुनक्का भी नहीं है पर मेवा नहीं है रामा मेवा नहीं है रामा क्या मैं चढ़ाओ क्या मैं चढ़ाओ रामा क्या मैं चढ़ाओ चडाऊँ रामा रामे तो छोटे बड़े हैं पेड़ पेड़ पर छोटे बड़े हैं पेड़ पेड़ पर लगे हुए हैं बेर राम मेरे घर आला राम मेरे घर आला